सो वॉटअप गाइज कंडारी ब्लॉग्स में आपका स्वागत है और मैं आज आपको साइकिल से रिलेटेड एक ब्लॉग दिखाने वाला हूं और आज मैं एक छोटी सी राइड लूँगा उसकी और मैंने ये कली परचेज की और ये समथिंग मुझे 9000 की पड़ी ये मेरे चैनल पे फर्स्ट ब्लॉग होगा मेरा इसके बाद मैं आपको अलग अलग जगह के ब्लॉग्स दिखाने वाला हूँ या घूमने का ट्रिप बनाऊँगा जैसे मैंने आपको बताया था मैं साइकिल की एक छोटी सी राइड लेने वाला हूँ तो मैं आपको ले चलता हूं छोटी सी राइड राइट फ्रेंड्स मैं निकल चुका हूँ साइकिल राइड पे और ये साइकिल मुझे उतनी कंफर्ट तो नहीं लग रही है लेकिन बजट के हिसाब से ठीक है इसमें जो सीट का है वो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है तो देखते हैं आप आगे राइड पे क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और क्या मज़ा आता है तो so गाइज़ हम ऑफ रोडिंग में पहुंच चुके हैं और ऐसी जगह साइकिल चलाने का मज़ा ही अलग रहता है और साथ में कीचड़ में अगर आप फिसल गए तो फिर दिक्कत हो सकती है तो ऑफ़ रोडिंग में मज़ा ही अलग है गाइज़ मैंने जब भी ऑफ़ रोडिंग की है तो मुझे मज़ा ही अलग आया है चलाने में ऑफ़ रोडिंग का से ही साइकिल का जजमेंट और साइकिल की परफॉर्मेंस पता चलती है कि बिल्ड क्वालिटी और अदरवाइज हर चीज़ कैसी है इसमें हम फाइनली यहां पर नदी के पास पहुंच चुके हैं और यहां हम थोड़ा बहुत स्विमिंग भी कर सकते हैं देखते हैं पानी कैसा है इधर का नहाने लायक है कि नहीं है करना है। यहाँ पे ये पानी बढ़ चुका है नदी का और हम यहाँ पर पार करने में थोड़ा तो दिक्कत हो रही है हमें तो चलते हैं आगे की तरफ़ दिखाते हैं आपको नदी में और क्या क्या प्रॉब्लम है झील नहीं पड़ती है मैंने आपको बताया था कि हम नदी में जाएंगे तो नदी का ये हाल है देख सकते हो जल स्तर इसका बढ़ रहा है धीरे धीरे और हम लोगों को आगे निकलना चाहिए टाइम पर ताकि हम फंस न जाएँ और हमारी साइकिल यहाँ लगभग फँस चुकी है क्योंकि ये पता नहीं देख सकते हो आप ये क्या क्या बह के आ रहे हैं यहाँ तो आगे चलते हैं तो फ्रेंड्स मैं पहुँच चुका हूँ यहाँ पर बीच नदी में और ये यहाँ के सबसे अच्छा बीच माना जाता है तो आना कभी यहाँ पर पार्टी शार्टिंग करने के लिए अच्छा है लेकिन मेरे साइकिल राइड पर तो मुझे साइकिल ला के यहाँ ज़्यादा मज़ा नहीं आया क्योंकि साइकिल के सारे टायर टूयर जो है वो यहाँ पर कूड़ा चलकर से भर चुके हैं दोस्तों देखो आप इस पर पूरा कूड़ा लग चुका है जो कि हमें निकालते निकालते दो घंटे लग गए यहाँ पर अभी तक भी निकला नहीं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ऐसी जगह साइकिल तो बिल्कुल ही मत लाएं। लाए काफी मजा आ रहा है मैं तो यहाँ फुल इंजॉय ले रहा हूँ आपको भी सजेस्ट करूंगा कि आना उत्तराखंड में कभी भी और ऐसी फ्री में मजा लेकर ठंडो रे ठंडो मेरा पाड़े की हवा ठंडी पानी ठंडो ठंडो ठंडो रे मेरा की हवा ठंडी हो हो आज का प्रॉप यहीं पे ही समाप्त करता हूँ क्योंकि मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ कृपया मेरे चैनल पर जो नए हैं कमेंट करें लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें और मुझे कमेंट में प्लीज़ सजेस्ट करें कि मैं नेक्स्ट ब्लॉग किस चीज़ पे लाऊं क्योंकि मैं उत्तराखंड में अभी जल्दी पौड़ी का एक ट्रिप लगाने वाला हूँ तो जल्दी शायद उसी पर मेरा नया ब्लॉग आएगा तो कीप सेफ